क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम भविष्य में 1000 नहीं बल्कि 10000 साल आगे चले जाएं तो हमारी प्यारी पृथ्वी कैसी नजर आएगी क्या इसकी ज्यादातर सतह ज्वालामुखियों से खिरी होगी क्या ये जमकर बर्फ बन चुकी होगी क्या हो अगर आप इतने भी ज्यादा आगे बढ़ जाएं? क्या सारे समुद्र सूख चुके होंगे या पूरी दुनिया एक बड़े ऐसी समुद्र में डूबी हुई होगी क्या कोई इंसान बचा रहेगा या सब गैलेक्सी के दूसरे हिस्सों में रहने लगेंगे तो आइए आज के हम इसी वीडियो में जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं ये तो मानना ही पड़ेगा कि इस बात की संभावना बेहद कम है कि भविष्य में एक अरब साल बाद पहुंचने पर कोई इंसान आपके स्वागत के लिए मौजूद होगा क्यों, क्योंकि इंसानी प्रजाति के वजूद को लेकर कई खतरे हैं और अगर हम एक अरब साल तक बने रहना चाहते हैं तो हमें इन खतरों को झेलना होगा हमने देखा कि कैसे कोरोना महामारी के सामने जिंदा रहने के लिए हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है तो कितनी संभावना है कि हम जलवायु परिवर्तन बढ़ती आबादी और वैश्विक परमाणु बम जंग खतरनाक एस्ट्रॉय और कॉमेट प्राकृतिक रूप ऐसी आने वाले शीत योग और सूरज ऐसी कई ज्यादा गर्भ हो जाने की खतरो जूझ सकेंगे भविष्य में देख कर पता लगाते हैं भविष्य में दस हजार साल बाद ही हमें मिलेनियम बग नाम की एक बड़ी समस्या पहुंच जाएंगे दस हजार ईस्वी में ईस्वी को कैलेंडर ईस्वी कैलेंडर को इनकोड यानी कोड करने वाला सॉफ्टवेयर चार से ज्यादा डेसिमल यानी दस को तारीखों को इनकोड नहीं कर पाएगा वह सबसे उम्मीद है की हम इस बार उतना नहीं घबराएंगे इसमें अच्छी बात यह है की दस सालों में इंसानों के बीच जो जेनेटिक अंतर और लक्षण है वो छेद के आधार पर नहीं रह जाएंगे त्वचा तो और बालों का रंग जैसे लक्षण पूरी दुनिया के समान रूप से पाए जाएंगे शायद इससे आखिरकार हम सब को मिलजुल रहने में मदद मिलेगी मौजूदा भाषाओं में कोई भी पहचानी नहीं जा सकेगी भविष्य की भाषाओं में आज की भाषाओं की केवल एक मूल शब्द होंगे पृथ्वी का एक नया ग्लेशियर पीरियड यानी ठंडा काल शुरू होगा जिससे एक नए हिम युग की शुरुआत होगी फॉल्स पूरी तरह से लेक गिरी में समा जाएगा और दिलचस्प बात यह है कि पूरा पृथ्वी का एक दिन इस वक्त तक के एक लंबा होने लगेगा कितना ज्यादा वक्त होगा के लिए लो यही ज्वालामुखी पानी के स्तर से ऊपर पहुंचकर हवाई में एक नया द्वीप बन जाएगा हो सकता है कि एक किलोमीटर से ज्यादा डायमी का एस्ट्रॉइड पृथ्वी ऐसी टकरा जाए और अगर हम इसे नहीं रोक पाते हैं तो इससे होने वाला क्रेटर यानी की गड्ढा 400 किलोमीटर से भी कम बड़ा नहीं होगा इससे पूरे ग्रह में आग फैलेगी और हवा लेने लायक भी नहीं बचेगी तो कुछ तो है जिसका नहीं है तो एक और बड़ा मुखी फटेगा जो इतना बड़ा होगा की इससे तीन हजार दो सौ घन किलोमीटर जितनी राख निकलेगी इससे इतना लावा निकलेगा जो पचहत्तर फीसदी ग्रैंड कैनियन को भर सकेगा ये साल पहले हुए टोबा ज्वालामुखी विस्फोट जैसा होगा जिसने लगभग पूरी इंसानियत का कर दिया था और नदी की जूस तारा फटकर सुपरनोवा हो गया होगा, जिसके बाद ये दिन के वक्त भी पृथ्वी से नजर आ सकेगा जैसे कि हमारी पृथ्वी का दूसरा सूरज हो इंसान पूरे सौरमंडल में रहने लगेंगे इसका मतलब ये भी है की अगर सभी ग्रहों की आबादी एक दूसरे ऐसी अलग रहती है तो इंसान प्रजातियों में मिस्तित यानी इने की जो तो संभावना है वो काफी हद तक दुनिया के हिसाब से ढल चुकी होगी जहां वो रह रहे हैं पूर्वी अफ्रीका टूट का अलग हो जाएगा और एक नया समुद्री बेसिन बना लेगा पांच करोड़ सालों में अफ्रीका यूरेशिया के साथ टकराएगा जिससे भूमध्य सागर बंद हो जाएगा और जमीन के इन दो टुकड़ों के बीच एक नई पर्वत श्रृंखला बनकर तैयार हो जाएगी इस पर्वत श्रृंखला में माउंट एवरेस्ट ऐसी भी ऊंचा एक पहाड़ शामिल हो सकता है अंतरिक्ष में मंगल का इसकी खुद की चांद से टकराव हो जाएगा जिससे उसके पास शनि की तरह छल्ले बन जाएंगे कनाडा और अमेरिका के रॉकी पर्वत पूरी तरह से खत्म हो चुकेगे हवाई के तभी द्वीप पानी के स्तर से नीचे जा चुके होंगे और सिर्फ दस हजार साल में ही एक ऐसा एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराएगा जो करीब छह करोड़ साठ लाख साल पहले डायनासोर को खत्म करके डायनासोर को खत्म करने वाला एस्ट्रॉइड जैसा होगा वो जो आकार में 10 किलोमीटर चौड़ा था पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक साथ मिलकर पैंजिया जैसे हो जाएंगे हाँ बस इस पर पैंजिया अल्टीमा कहा नहीं जाएगा पर ज्यादा लगाव मत रखिए क्योंकि 40 से 50 करोड़ सालों में पैंजिया अल्टीमा फिर अलग होगा पृथ्वी से पैंतर प्रकाश वर्षों की दूरी के अंदर अंदर एक गामोट होगा और अगर पृथ्वी ऐसी टकराता है तो ओजोन पर नुकसान पहुँच सकता है और एक सामूहिक विलुक्ति के हालात बन सकते हैं चांद कि पूर्ण सूर्य ग्रहण मुमकिन ही नहीं रह जाएगा यानी कि बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा और सूरज की चमक 10 फीसदी बढ़ चुकी होगी और पृथ्वी का औसतन तापमान तैतालीस डिग्री सेल्सियस से हो जाएगा हमारा वातावरण एक नीले ग्रीन हाउस की तरह महसूस होगा और हमारे समुद्र बिल्कुल ही सूख चुके होंगे इसके बाद ध्रुवो पर केवल थोड़ी सी मात्रा में पानी बचा रह जाएगा जब तक आप टाइम मशीन से यहाँ आएंगे तो एक ऐसी पृथ्वी के मानसिक रूप से तैयार रहे जो आपको कभी देखी हुई ना लगे यानी कि जिस पृथ्वी पर अभी हम रहते हैं उससे मेल ना खाए क्योंकि ऐसा जो फ्यूचर की धरती है उसे देख के हो सकता है आपको चक्कर आ जाए इंसानी प्रजाति यहाँ से खत्म हो जाएगी उम्मीद है दूर किसी ग्रह में बेहतर जीवन जीने के लिए तेज गर्मी और साथ लेने लायक हवा की कमी की वजह से प्रत्येक रहने लायक जगह नहीं रह जाएगी तो आपको शायद लंबे वक्त तक नहीं रहना चाहिए बल्कि आपको बाकी के सौरमंडल को देखने के लिए जाना चाहिए शायद आपको अपने जैसे दूसरे इंसान या जीवन का कोई दूसरा इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान मिल जाए तो आइए अभी हम वापस आ जाते हैं अपने समय में जहाँ अभी जीने योग्य वातावरण है और हम जी रहे हैं पर अगर हमने अपनी आदतों को नहीं सुधारा तो जल्द ही हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ चुका हुआ जैसे कि बहुत सारे जानवर विलुप्त हो चुके हैं तो आइए आज यहीं पे हम अपना वीडियो खत्म करते हैं हमें उम्मीद है आपको हमारा ये आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें